तेरा मन दर्पण कहलाई रे तेरा मन दर्पण कहलाई भले बुरे सारे कर्मों को भले दिखा ये तेरा मन दर्पण कहलाए रे तेरा मन दर्पण मन ही देवता मन ही कर मन से बड़ा न मन ही देता मन ही तो मन से बड़ा को मन बुझियार जब जब फैल जग बुझियारा हो मन बुझियार जब जब फैल जग मुझे जगबू ज रो विषि जिले डरी पे प्राणी विषवु जिले डरी पन पे प्राणी ढूल न जमने रा मन दर सुख की कलियां दुख के काट मन सब का आधा सुख की कलियां दुखे के काटे मन से दे का मन से कोई बात छुपे ना मन के मैने हजार मन से कोई बात छुपे ना मन के मैने हजार जग से चाहे भागल प्राण जग से चाहे भागल प्राण मन से भागलपा ये तेरा मन दर पे कहलाए ये तेरा मने दर कहलाए. की दौलत धन की छाया मन का धन अनुमो कन की दौलत धन की छाया मन धन अनमो तन के कारण मन के धन को मट माटी में रो। तन के कारण मन के धन को मट माटी में रो मन की चादरी घुलने वाले मन की चादरी घुलने वाले ही गाया तेरा मन दर्पण कहलाए रे तेरा मन दर्पण कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को भले तेरा मन दर्पण कहलाए रे तेरा मन दर्पण कहलाए रे तेरा मन दर कहला